हेलो दोस्तों मोटिवेशन हब में आपका स्वागत है दोस्तों आज की कहानी जो चाहोगे सो पाओगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये कहानी आप पूरी सुनते हैं तो आप जीवन में अपने जो चाहेंगे वो सब आपको मिलेगा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था वहाँ वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाता जो चाहोगे सो पाओगे उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे वह उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वो उस पर हंसते थे एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था साधु की चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी जो चाहोगे सो पाओगे जो चाहोगे सो पाओगे ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ साधु बोला हाँ बेटा लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो बाबा मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हैं युवक बोला बिल्कुल बेटा मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं। उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना साधु बोला साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की जोती चमक उठी फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियों को आगे बढ़ाने को कहा युवक ने अपनी हथेलियाँ साधु के सामने कर दी साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला बेटा ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है इसे समय कहते हैं इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रख कहा बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है इसे धैर्य कहते हैं जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी मन चाह परिणाम ना प्राप्त हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहाँ से चल पड़ा उसने सफलता प्राप्ति के दो गुरु मंत्र मिल गए थे उसने निश्चय किया कि वह कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा उस समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया कुछ वर्षो तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें अपना समय कभी भी व्यर्थ न जाने दे और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़े सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो तो कमेंट करके जरूर बताएँ